सुना हमारी कामयाबी से तुम्हारी बहुत जलती है जलती रहे पर जो बोलना है सामने बोलना पीठ पीछे बकवास ना तो मुंह भी बंद कर देंगे और चलो छोड़ो और बताओ जितना तो मर्जी कर लो लोगो के मुँह बने वैसे ही रहेंगे और लोग बोलते है न की अकड़ बहुत है तो हाँ अकड़ बहुत है जो मर्जी कर लो हम तो ऐसे ही रहेंगे pen, pen, pen, pen, pen, pen,